हाय दोस्तों अब कहते हैं कोरोना काल में घर रहिए सोच रहिए बाहर ना निकलें और अपने हाथ टाइनिंग एटाइजर जरूर रखें और अपने आप को सेफ्टी रखें और अपने परिवार को भी सेफ्टी रखें महामारी वक्त हर एक परेशानी और मुसीबतों से बचे रहें घर से समय अनुसार निकलें और सफ्ती में